नमस्कार स्वागत अभिनंदन दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों 28 दिसंबर का दैनिक राशिफल क्या लेकर के आया है मेस से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को प्रभावी कैसे बनाया आज का पंचांग क्या कहता है अंत तक बने रहिएगा और अपने राशि से संबंधित दिव्य उपाय भी आज हम आपको बताएंगे साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़े बताना चाहेंगे कि अट्ठाईस और उनतीस तारीख को मैं दिल्ली में ही हूँ तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली क्षेत्र से हैं आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं साथ ही दर्शकों देखिए आप लोग फोन करते हैं अगर कर फोन कॉल नहीं होती है तो व्हाट्सएप संदेश प्रेषित कर सकते हैं भेज सकते हैं उसका प्रत्युत आपको अवश्य दिया जाएगा क्योंकि एक दिन में इतने ज्यादा फोन कॉल आते हैं कि सभी लोगों से सब बात करना संभव नहीं हो पाता है तो पंचांग पर चलते हैं विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख पौष मास चल रहा है शनिवार दिन रहेगा क्योंकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बनता है तिथिवार नक्षत्र योग और करण सूर्योदय होगा प्रातः 6 बजकर सत्तावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर सत्रह मिनट पर आज जो तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की देखिए द्वितीय तिथि जो रहेगी 11 बजकर 10 मिनट तक की सुबह रहेगी इसके उपरांत तृतीय तिथि लग जाएगी द्वितीय तिथि के बारे में हमने बताया था कि बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए कटाई का सेवन नहीं करना चाहिए तृतीय तिथि ब्रह्मा वहवर्ष पुराण में लिखा हुआ है कि परवर का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपके शत्रुओं की वृद्धि होगी तथा वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे नक्षत्र पर आ जाते हैं उत्तरा साधा नक्षत्र रहेगा और श्रवण नक्षत्र रहेगा करण रहेगा कौलो तैतील और अंतिम करण रहेगा ये गर योग रहेगा व्याख्यात इसके उपरांत हर्षण योग रहेगा शुभ समय पर पहले आज हम आते हैं तो ग्यारह बजकर छियालीस मिनट से सुबह बारह बजकर अट्ठाईस मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा आप लोग शुभ कार्यों को इसमें कर सकते हैं अब काल पर आते हैं तो सुबह नौ बजकर बत्तीस मिनट से दस बजकर पचास मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे कैप्लीकोन जी हाँ मकर राशि में रहेंगे सूर्यदेव इस समय धनु संक्रांति चल रही है धनुराशि में चलायमान है साथ ही साथ दर्शक को दिशाशूल की बात करें शनिवार का दिन रहेगा तो पूर्व दिशा की ओर दिशा रहेगा पूर्व दिशा की ओर आज यात्राएं करने से आपको बचना रहेगा लेकिन यदि किसी कारणवश जॉब में होंगे नौकरी में होंगे या व्यापार में होंगे तो यात्राएं करनी पड़ेगी तो पूर्व दिशा की ओर पहले ना जाइएगा पश्चिम दिशा की ओर जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि अदरक का सेवन करिएगा तब आप लोग यात्रा करिएगा अब अदरक में देखिए क्या होता है अदरक वाली आप लोग चाय पी सकते हैं तो ये प्रयोग करके आज आप लोग निकलिएगा आपका दिन शुभ होगा राशि पर आगे बढ़ते हैं कि मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहेगा आज हाल लेकिन फटाफट दर्शकों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए हैं जिएगा रहेगी कल्पनाओं को साकार रूप नहीं दे पाएंगी महिलाएं भी आज बातें अपनी बड़ी बड़ी करेंगी मतलब छोटी सी बात कोई बहुत बड़ा इशू भी बना सकती है कार्य व्यवसाय बिना किसी सहायता के कि आज जो है चलना मुश्किल होगा व्यवसाय में आज किसी सौदे को अंतिम क्षण तक पहुंचाने पर अचानक निरस्त होने से आपको निराशा होगी दोपहर तो के बाद आकस्मिक धन लाभ होने से राहत मिलेगी नौकरी वालों को आज कुछ राहत मिल सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तोम प्राम प्रीम प्रोम साय नमा मंत्र का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः वृषभ राशि के जातको आज का दिन सरकारी अथवा अन्य कागजी कार्रवाई के लिए उत्तम रहेगा सरकारी कार्य आज थोड़े से परिश्रम से आशाजनक परिणाम देंगे लेकिन किसी की सहायता आवश्यक रहेगी कार्य व्यवसाय में भी आज प्रयास करने पर सरकार से सहयोग मिलेगा धन की आमद रहेगी आज दोपहर का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट इत्यादि आज, आज आपको मिल सकता है अन्य घरेलू उलझनों के कारण थोड़ी सी आप परेशान जो है हो सकते हैं नौकरी पेशा जातकों को जो है अधिकारियों के कृपा पात्र आज बने रहेंगे आ, उनके उच्च अधिकारी आज उनको जो है बहुत ज्यादा उनकी प्रेस प्रशंसा करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा चूंकि शनि की ढैया चल रही है तो कोशिश कीजिएगा दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करिए पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्लैक और शुभ आपके लिए रहेगा यह रहेगा चार मिथुन राशि के जात को आज के दिन आपको परिश्रम का उचित फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा आज आपके कार्य निर्विघ्न सिद्ध होंगे कार्य व्यवसाय में थोड़ी मेहनत के बाद उत्साहजनक लाभ मिलेगा सहकर्मी लेकिन आज आपसे ईर्षा करेंगे आज आपकी दिनचर्या एवं व्यक्तित्व पर जो लोग आपसे ईर्षा करते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ दिनों से चली आ रही धन संबंधी उलझनें आज शांत होंगी इच्छित कार्यों की पूर्ति पर आज आपका धन खर्च होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करना रहेगा साथ ही साथ आज एक दीपक चौमुखी दीपक तिल के तेल का पीपल के वृक्ष पर जला के आइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कर्क राशि तो कर्क राशि के जात को आज सेहत सामान्य रहेगी लेकिन घर परिवार में छोटी मोटी बात तो को लेकर के कुछ आपसी नोकझोंक हो सकती है वाहन सावधानी पूर्वक चलाने का जो है आज दिन रहेगा आज दिन का पुर्वार जितना बेचैनी भरा रहेगा दिन का अंतिम भाग उतना ही राहत वाला रहेगा दिन के आरंभ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कार्यों में बाधा डाल सकती है व्यवसाय में आज प्रयास करने पर भी आप हानि को नहीं रोक पाएंगे अधिकांश कार्यों में आज किसी अन्य के ऊपर आश्रित रहना आपको पड़ सकता है आज तालमटोल की स्थिति मत करिएगा जो कार्य आपको मिला है उसको निपटाइएगा धर्म कर्म के प्रति आज आपकी आस्था रहेगी लेकिन पूजा पाठ के समय मन इधर उधर आज, आज आपका भटकेगा कुल मिलाकर के मानसिक रूप से अशांत रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को तो कर्क राशि के जातकों आज प्रयास करिएगा शिवलिंग पर दूध में तिल डाल करके रुद्राष्टक के पार्ट से नमामि नमामिम वाले पाठ से अभिषेक करिएगा शुभ शुभ कलर रहेगा भाई अंग रहे एक सिंह राशि के जातकों आज के दिन आपको अपने कार्यों में विजय मिलेगी सोच विचार कर ही किसी कार्य को करें तो बेहतर रहेगा आज धन लाभ प्रयास करने पर अवश्य होगा सरकारी कार्यो में जोड़ तोड़ करके सफलता पा लेंगे कार्य क्षेत्र पर आज आपका दबदबा रहेगा विरोधी आज आपके सामने नतमस्तक होंगे आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे सहकर्मियों से बीच में मतभेद होंगे निराकरण भी आज होगा घरेलू सुख भी आज आपका उत्तम रहेगा पति पत्नी के बीच आज आपसी सामंजस्य अच्छा बनेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग गाय को बेसन से बनी हुई कोई जो है लड्डू या तिल से बना हुआ कोई लड्डू आप लोग जरूर खिलाएं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कन्या राशि जी हाँ कैसा रहेगा आज आपका राशिफल तो कन्या राशि के जात को आज का दिन आपके लिए खर्चीला साबित होगा रिश्तेदारी के साथ ही घर वालों की जिद पूरी करने में धन खर्च होने पर बजट गड़बड़ाएगा आज आपकी मनोरंजन की प्रवृत्ति रहने के कारण भी शौक और मौज में अपनी सुख सुविधा जुटाने में आज अनावश्यक खर्चे करेंगे कार्य पर आज आप ज्यादा गंभीर नहीं रहेंगे फिर भी व्यवसाय से रुक रुक करके धन लाभ होगा दोपहर बाद बनते कामों में अड़चने आएंगी कार्यक्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी आज आपको हानि पहुंचा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हाँ मृत्युंजय मंत्र की एक माला का काज आप लोग जाप, लो जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा छे लिब्रा तुला राशि तो आज के दिन आप अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डालेंगे आ निर्णायक स्थिति रहने के कारण अधिकांश कार्य अधूरे रह जाएंगे या निरस्त भी हो सकते हैं नौकरी वाले लोगों को आज अतिआत्मविश्वास के कारण उनके काजों में हानि होगी व्यवसायी वर्ग भी आज लापरवाही करेंगे जिसके फलस्वरूप कार्यक्षेत्र पर अव्यवस्था फैलेगी जिसे सुधारना मुश्किल होगा धन लाभ आज परिश्रम करने पर भी अल्प मात्रा में ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा दुर्गा जी के 32 नामों का आप लोगों को जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन हमारी जो अगली राशि आती है ये आती स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन शांति से बिताने की सलाह यहाँ सितारे दे रहे हैं किसी दूसरों के लड़ाई झगड़े में आज, आज आपको नहीं पढ़ रहे हैं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में भी आज, आज आपको कुछ बैड न्यूज मिल सकती है किसी को अपशब्द मत कहिएगा आज लोग आपसे स्वार्थ का संबंध रखेंगे आपसे काम निकालेंगे उसके बाद आपसे मुँह मोड़ मुँ लेंगे आज पहले अपनी उलझन जो है उलझे कार्यो को सुलझाएं बाद में किसी अन्य के कार्य को देखें कई लोगों से आज आप लोगों की पब्लिक डीलिंग हो सकती है प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज, आज आपके संपर्क हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ करिए पीपल के वृक्ष पर दूध में थोड़ा सा काला दिल डालकर जो है डाल करके अर्पण करिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट और तो, शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ धनु राशि के जात लंबी यात्राओं की योजना आज अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है आज आराम की चाह मन में ही रह जाएगी मतलब शारीरिक रूप से आज बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए थकावट वाला दिन रहेगा क्योंकि आज आप जो मेहनत करेंगे लाभ उससे आपको मिलेगा बीते कल के अधूरे कार्य आज पूर्ण होने से धन की आमद आज आपकी बहुत ज्यादा रहेगी नौकरी पेशा लोग भी अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित होंगे दूर के व्यवसाय अथवा शेयर में आज आपको उछाल आने से आय के नए नए साधन बनेंगे वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे कार्यों में आज ढील ना दे तो बेहतर रहेगा अन्यथा लंबे समय के लिए फिर लटक सकते हैं धार्मिक कार्यों में रुचि होने पर जो है आज आप लोग जो है कुछ आपके धन का एक हिस्सा धार्मिक कार्यों में लगेगा वहीं पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में कुछ दुख होगा कुछ जो है दुविधा होगी क्रोध मत करिएगा यही आज आपके लिए टिप्स है साथ ही साथ प्रयास करिएगा कि जल का अधिक से अधिक आप लोग सेवन करिए और हो सके तो शिवलिंग पर आप लोग जा करके जल में काला तिल मिला करके अर्पण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आ, पीला अशुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ कैप्रिकॉन मकर राशि तो आज के दिन व्यर्थ की भागदौड़ अधिक रहेगी व्यावसायिक कारणों से भी यात्राओं के योग बनेंगे परंतु अंत समय में निरस्त भी आज आपकी यात्राएं हो सकती हैं यात्रा होने पर भी लाभ की जगह आज आपके खर्च बढ़ेंगे कार्य क्षेत्र पर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें तो बेहतर रहेगा और आज, आज आप लोग अपने कागजों को संभाल करके रखिएगा अन्यथा आज आपके कहीं जो है मतलब जरूरी डॉक्यूमेंट खो सकते हैं चोरी हो सकते हैं गुम हो सकते हैं सरकारी कार्य पर आज किसी से वादा ना करें तो बेहतर रहेगा धन लाभ के लिए और मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम आज आपको अधिक करना पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए आज के दिन हनुमान अष्टक का आप लोग तीन बार पाठ करिए साथ ही साथ आज आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी का प्रसाद चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो क्वायस जी हाँ कुंभ राशि तो कुंभ राश के जात को आज के दिन आपकी किसी मनोकामना की पूर्ति होने से मन में प्रसन्नता रहेगी व्यवसायिक वर्ग व्यापार में विस्तार करेंगे जिसका लाभ भी शीघ्र मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आज पलपल -पल पर राय देने वाले भी बहुत मिलेंगे जिससे थोड़ी सी आपको असुविधा इनकॉम्बिनेस महसूस हो सकती है दिन के आरंभ में आलस्य ना करें अन्यथा सारी दिनचर्या अस्त हो सकती है आज आपका दिन थोड़ा सा लाभ देगा शाम के समय जो लोग व्यापार करते हैं लोहे से जुड़ा हुआ इंजीनियर है या फील्ड में है या संचार से रिलेटेड करते हैं उनको आज अच्छा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए साथ ही साथ यदि हो सके तो ठंडा का चूंकि मौसम चल रहा है तो किसी गरीब को कंबल का दान जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है पाइसेस मीन राशि मीन राशि के जा, जात को सगे संबंधियों के साथ आज आपका दिन बड़ा हँसी ठहाके वाला बीतेगा आज का दिन आपके लिए आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अच्छा रहेगा सेहत भी आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी कार्य व्यवसाय और आर्थिक कारणों से मानसिक थोड़ी सी अशांति हो सकती है आज महिलाओं को पेट में दर्द कमर में दर्द आज की शिकायत रहेगी कार्य व्यवसाय पर धन लाभ आज आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा लेकिन व्यर्थ के खर्च बढ़ने से तुरंत आज आपके पैसे खर्च होंगे यात्राओं की योजना आज टालना बेहतर रहेगा खर्च के साथ दुर्घटना के कुछ योग बन रहे हैं उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए साथ ही साथ पीपल के वृक्ष पर आज आप लोगों को जलार्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल मेष से मीन राशि के लिए कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में इस उम्मीद के साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग ने जय श्री राम का उद्घोष जरूर किया होगा तब तक के लिए नमस्कार जय श्री राम